दोस्तों मैं आ चुका हूं आपके लिए हमेशा एक तरह एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए एक और न्यू ऐप लेकर आया हूं जिससे आप Instagram पर अपनी फोटोज़ पर लाइक्स एंड रील्स पर लाइक्स बढ़ा सकते हो तो दोस्तों चलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना एंड दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा कि आप अपने फोटोज पर लाइक्स कैसे बढ़ा सकते हो इंस्टाग्राम पर एंड दोस्तों ऐप को कैसे डाउनलोड करना है एंड ऐप को कैसे यूज़ करना है दोस्तों मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना एंड दोस्तों मुझे कुछ लोग कमेंट करते हैं कि दोस्तों मेरा रिप्लाई दे दीजिए मेरा रिप्लाई दीजिए तो दोस्तों मैं आपसे बोलना चाहता हूँ दोस्तों आप मुझसे बात करना चाहते हो तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करिए दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम आईडी देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा है आप वहाँ से जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए दोस्तों एंड दोस्तों वहाँ पर आपको जो कुछ भी क्वेश्चन करना है दोस्तों में वहाँ पर आपका क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा एंड दोस्तों में हर एक बंदे को रिप्लाई देता हूँ एंड दोस्तों में आपसे बोलना चाहता हूँ अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना वहाँ पर मैं अपने चैनल से रिलेटेड पूरे अपडेट देता हूँ दोस्तों एंड दोस्तों आप फॉलोवर्स लेना चाहते हो तो दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों लाइक्स कैसे बढ़ाना है फ़ोटोज़ पर दोस्तों वो भी बता देता तो दोस्तों ऐप का नाम है टिक लाइक दोस्तों इसको डाउनलोड कैसे करना है मैं पूरा आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा डिटेल में दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना चलिए दोस्तों मैं ऐप ओपन कर लेता हूँ एंड दोस्तों इस ऐप में लॉगिन करने के लिए आपको एक फेक आई की जरूरत पड़ेगी तो दोस्तों फेक आई बनाना आती होगी आपको दोस्तों फ़ेक आई बना लेना एंड दोस्तों फिर उसके बाद यहाँ पर लॉग करना है दोस्तों और आप रियल आई से यहाँ पर लॉगिन मत करना दोस्तों फ़ेक आई से ही लॉगिन करना एंड दोस्तों में आपको रियल आई पर लाइक बढ़ा कर दिखाऊँगा तो दोस्तों लॉग इन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों इसको क्रॉस कर देना आपको एंड दोस्तों देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए कोइंस कलेक्ट करने का देता है डायमंड्स कलेक्ट करने का दोस्तों आपको डायमंड्स कलेक्ट करना है तो दोस्तों आपको डायमंड्स कैसे कलेक्ट करने होंगे दोस्तों ये देख सकते हो ऑटो लाइक का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों आपको इसको ऑन कर देना एंड तो यहाँ से कोइंस या डायमंड जो भी हैं दोस्तों कलेक्ट होने लग जाएंगे दोस्तों ये देख सकते हो मेरे कोइंस यहाँ पे थोड़ी देर में देखिए बढ़ेंगे दोस्तों ये देख सकते हो बढ़ गए दोस्तों यहाँ से देखिए वन हंड्रेड हो गए दोस्तों देखिए यहाँ से मेरे डायमंड्स बढ़ने लगे हैं दोस्तों दोस्तों मेरे पास हंड्रेड डायमंडस हैं दोस्तों में अभी डायमंडस कलेक्ट नहीं करता हूँ एंड दोस्तों आपको कलेक्ट कर लेना हंड्रेड डायमंडस एंड दोस्तों में आपको फोटोस पर लाइक्स बढ़ाकर दिखाऊंगा दोस्तों आपको करना गेट वाले गेट लाइक्स का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आ जाना दोस्तों है, है दोस्तों कुछ ए सेंटर फंसाया दोस्तों आपको यहाँ से कुछ नहीं करना दोस्तों दोस्तों है।, दोस्तों हाँ है दोस्तों आपको वापस से गेट डायमंड पर आना है एंड दोस्तों ये देखिए थ्री डॉट का निशान दिख रहा है आपको यहाँ पर आना है थ्री डोट पर एंड दोस्तों देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्डर फोर अदर का ऑप्शन दिख रहा हुआ दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना ऑर्डर फोर अदर पर एंड दोस्तों आपको अपने रियल अकाउंट पर लाइक्स बढ़ाने हैं दोस्तों आप अपने रियल अकाउंट का यूज़र नेम डाल देना दोस्तों देखिए मैं अपने रियल अकाउंट का यूज़र नेम डाल देता हूँ एंड फिर दोस्तों आपको यहाँ से लाइक्स बढ़ाकर दिखाऊंगा फ़ोटोज़ पर तो दोस्तों देखिए मैंने अपने रियल आईडी का यूजर नेम डाल दिया एंड दोस्तों आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना दोस्तों आपको तो दोस्तों देख सकते हो दोस्तों ये टॉप पर मेरी आईडी आ चुकी है दोस्तों मैंने इस पर क्लिक किया है एंड दोस्तों देखिए ये मेरी पोस्ट आ चुकी है तो दोस्तों में अब आपको फोटोज पर लाइक्स बढ़ाकर दिखाऊंगा दोस्तों देखिए मेरी ये वाली पोस्ट दिख रही है आपको ये देख सकते हो दोस्तों ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ इस पर अभी कितनी लाइक्स है दोस्तों ये देख सकते हैं मैं तो दोस्तों इस पर मैं कितनी लाइक्स है वो दिखा देता हूँ दोस्तों चलिए मैं आपको इंस्टाग्राम ऐप पर ले चलता हूँ एंड वहाँ से आपको दिखाऊंगा कि मेरी इस फोटोस पर कितनी लाइक है तो दोस्तों देखिए मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी ओपन कर लिया दोस्तों अभी तक आपने मुझे यहाँ पर फॉलो नहीं किया तो दोस्तों फॉलो कर लेना है एंड दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन है मुझे यहाँ पर आकर पूछ सकते हो दोस्तों देखिए मैंने आपसे इस फोटो का बोला था दोस्तों देखिए इस फोटो पर मैंने क्लिक किया एंड दोस्तों देखिए इस फ़ोटो पर सेवेंटी लाइक्स है अभी तक तो दोस्तों चलिए मैं इस फोटो पर लाइक्स बढ़ाकर दिखाऊंगा एंड दोस्तों अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं करते फॉलो कर लेना चलिए दोस्तों देखिए तो मैं यहाँ से बेक हो जाता हूँ एंड दोस्तों देखिए वापस से यहाँ पर आ चुका है दोस्तों फोटो भी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दिखा दिया 77 लाइक्स है एंड दोस्तों मैं देखिए इसको तो फुल कर देता हूँ दोस्तों देखिए मेरे पास अभी हंड्रेड एंड है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना है तो दोस्तों ये आपको भी ऐसे कुछ कर लेने कोइंस एंड दोस्तों देखिए हंड्रेड से कम कोइंस में दोस्तों यहाँ पे लग रहा है तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे ऑर्डर लगा देता हूँ हंड्रेड से कम कोइंस का दोस्तों देखिए यहाँ से मैंने इसको फुल कर दिया एंड दोस्तों ये ऑर्डर वाला ऑप्शन है यहाँ पे आना है आपको एंड ऑर्डर्स पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों देखिए मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है तो दोस्तों आपको इस वाले ऑप्शन पर आकर ओके कर देना है एंड दोस्तों देखिए आप मैं आपको ऑर्डर ट्रैक करके दिखाता हूँ दोस्तों ऑर्डर तो दोस्तों आपको ऑर्डर पता करना होगा कि लाइक्स पहुँचे या नहीं पहुँचे तो दोस्तों देखिए आपको थ्री रोड पर आना है वापस एंड दोस्तों देखिए ट्रैक ऑर्डर वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आना एंड दोस्तों देखिए यहाँ से आप पता कर सकते हो दोस्तों ये उर्दू लैंग्वेज है दोस्तों ये और दोस्तों इसमें समझ कुछ नहीं आ रहा दोस्तों आपको मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ले जाकर दिखाता हूं कितनी लाइक्स आई है अभी तक ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर लिया है दोस्तों इसमें मैंने अभी जिस फ़ोटो पर लाइक्स बढ़ाए दोस्तों उस फोटो को ओपन करते हैं दोस्तों उस पर देखते हैं कितनी लाइक्स है दोस्तों अभी देख सकते हो सेवेंटी लाइक्स है तो दोस्तों एक बार मैं अपनी आई को रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको तो दोस्तों एक बार देखिए मैंने रिफ्रेश कर लिया है दोस्तों आप देखते हैं इस फोटो पर कितनी लाइक्स है तो दोस्तों देखिए इस फोटो पर अब वन लाइक्स है दोस्तों देख सकते हो एकदम जेन्यन लाइक्स है एंड दोस्तों देखिए मैं आपको यहाँ पर भी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास वन लाइक्स आए दोस्तों देखिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको दोस्तों ये देख सकते हो एकदम लाइक्स आई है मेरे पास दोस्तों एकदम जेनुअन दोस्तों आप भी चाहते हो एकदम जेनुन लाइक्स बढ़ाना था दोस्तों आप इस ऐप को डाउनलोड कैसे करना है वो ही बता देता हूँ एंड दोस्तों अभी तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना तो दोस्तों आपको क्या करना है इस ऐप को डाउनलोड करना होगा तो दोस्तों अब आप आपको क्या करना है दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको देखिए क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है दोस्तों क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको देखिए सर्च वाले ऑप्शन पर आना है एंड दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है टेक डेमिज तो दोस्तों देखिए मैं टेक डे में सर्च कर लेता एंड दोस्तों देखिए टॉप पर आ चुका है दोस्तों तो दोस्तों मैंने इसको सर्च कर लिया एंड दोस्तों ये फर्स्ट नंबर पर जो वेबसाइट आ रहा है इसको खोल लेना आपको टेक डे में सर्च कर कर एंड दोस्तों आपको सर्च वाले ऑप्शन पर आना एंड दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है। टिक लाइक दोस्तों देखिए टिक लाइक सर्च करने के बाद दोस्तों देख सकते हो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों ये देखिए सबसे टॉप पर आ चुका है ऐप दोस्तों ये देख सकते हो सबसे टॉप पर आ रहा है सर्च करने के बाद टिक लाइक तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है एंड दोस्तों एड आएगा उसको हटा देना दोस्तों इसको थोड़ा स्क्रोल करके नीचे आ जाना है दोस्तों इसक्रोल करके नीचे आ, आने के बाद दोस्तों देखिए कुछ ऐसा दिखेगा टिक लाइक ऐप डाउनलोड कैसे कर दोस्तों ये देखिए डाउनलोड वाला ऑप्शन देख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है एंड दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करोगे तो दोस्तों एक और पेज खुल जाएगा दोस्तों उसको थोड़ा सा स्क्रोल कर लेना है एंड दोस्तों देखिए स्क्रोल करने के बाद आप टेलीग्राम का लोगो दिख रहा होगा उसका थोड़ा से नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे सेकंड चल रहा है दोस्तों सेकंड खत्म होने के बाद आपको बताऊँगा डाउनलोड कैसे करना है तो दोस्तों देखिए सेकेंड खत्म होगा एंड दोस्तों देखिए यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा क्लिक है टू तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड दोस्तों यहाँ से डाउनलोड कर लेना दोस्तों मैंने इस ऐप को पहले से डाउनलोड कर लिया तो दोस्तों मैं आपको डाउनलोड कर नहीं दिखाऊँगा एंड दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो का तो सब्सक्राइब कर लेना एं दोस्तों एंड टेलीग्राम पर फॉलो नहीं का तो फॉलो कर लेना एंड दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए मुझे आप वहां पे जो भी क्वेश्चन करना है दोस्तों कर सकते मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगा आपको एंड दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना एंड दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते जय हिंद बंदे मातम दोस्तों